हमने जिस दिए को अक्सर तूफानों से बचाया हमने जिस दिए को अक्सर तूफानों से बचाया उसी ने आज मेरे आशिया में sandera ejano chalegi re chalegi mara dil da tukda karegi ejano chalegi re chalegi mara dil da tukda karegi ejano chalegi करेगी जानू टुकड़ा करगी मारा तिल का टुकड़ा करेगी वो वाले मेरे साथ होते कितनी खुशी होती। कितनी खुशी होती मैंने समझ आई है समझाई मारी एक बात को मानी मैंने समझ आई है समझाई ये प्यार करने वाले ये वादा जरूर करते हैं लेकिन कहीं कहीं चकनाचूर भी हो जाते हैं। है तो केलो सुख तक पेटे के छोड़ पशु खेसिया टको पेटे के छोड़ किया किया तूने बहुत रोएगी संग <laughs> <दोका की यार। laughs> करेगी ये करेगी मारा संग में दो को करेगी <laughs> दो पो कर गया कर मारा संग में दो तो कर दो पोकर गया कर जी मौसुभूत भेरी जा, जा। लेकिन एक बात मेरी वहां भी फॉलो कर लेना जानू रिजो ये जो तारा पपी सुतो तारे जो ये, तो ये जानू रि जो ये जो नक जो ये जो पेती सुनी गारी